काले कलूटे जैसी सकल के अपाय बाप अपा लेके चुपचाप निकल जा नहीं तो मार मार मार के फिर मैं सो गया नींद अरे आज ये है ना काउ की नहीं होते हमें देख हमें अब तक रंडुआ बैठे हैं अरे रंडुआ oh oh अरे तुम जैसों को रंडुआ नहीं पनोती बोलते पनोती तुम्हारे चक्कर हमारे जानना भाई <laughs> अवे यार तुम बातों को नहीं फीलिंग को समझो हमारी फीलिंग को फीलिंग अरे फीलिंग तो फ्लोरी में घुस गई बंद हो रहा है तो वो रहा है तो हम पी गए हमें तो अपे बाप पे गुस्सा आ रही वही की जवानी भर रह रही थी <laughs> देखो जा बात को तुम्हारे पापा को बहुत दुख है वो और उन्हें बहुत पछतावा गुजारा हो चलो वजह चलाते हैं अब देखो झमन जा हम तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत हैगी और उनको नेकू अकेलों में छोड़ो। अब तो मैं अकेलो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो फिर को कंड कर देगो। <laughs> तो मैं मैं जा रहा देगा करना खर का हो रहा है मारू बहन के बोल सड़े ते झा जा, ते झ क्या कर रहा हूँ तेरी बहन तो पहले ही मेरे पुलिस को बुलाते अरे यारेरी या, को बहन नहीं है वो तो जिस सब कर पैसा देते पापा तब ही लुट जाते तबाह लेके भागे थे और जिस सब प्लान बाबा पंडित को है तो oh shit, oh shit. मामा तु तो हम ही मिले थे लुटो बाबे को अरे यार भाज मुझे कर माफ करते हैं मुझे कच्ची पैसे जरूरत थी जा भाई चक्कर में पड़ में और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है ये सब छोड़ो मैंने तुमसे बोली तो तुम भाई शादी करवाऊंगा कल बापन देखियो सब लोग मैं कॉल कर देंगे ठीक है हमें नहीं करने पे आओ फिर फसवाबे के चक्कर में है कहा अगर ये सो भाव आपकी बात हमारी बढ़िया हम जा रहे हैं चल पापा पापा, पापा। के अरे यार ये पापा यार तैयारी नहीं हो पात। जल्दी नहीं पहुंचे तो मेरे ब्याह और नहीं आ पाएगो। अरे यार कहा देर कर रहे हो चलो जल्दी अरे वो गलिया लेनी है केलन की Batsman Oh bhaiya Main bada bada yahan ना देख दे। देख दे। बैठ लेटना पा रहा है अरे बैठना यार बैठ तो। मैं खड़े होकर गया चलो बैठ नहीं पा रहे अरे यार वो मैं घुसाई यार छोड़ा लेके भाई साहब मारिया बुलवा बुलवाते हैं भाई साहब मोड़ा मोड़ी बात करने हो तो अकेले में चले जान ले बिल्कुल बिल्कुल पे पहले तुम जी बताओ तुम कौन सा सावन लगाते हो? गोरी हैं और तुम बताओ तुम कौन सा ऐसे ना बोलो हम बहुत कोरे हैं तो, तो चलती टमटम से उतर गए और कोला की बोरी में घुस गए चार से कारे रह गए बहुत कोशिश करी हमने छुटावे की पर वो छूटो ही नहीं वो छोड़ो तुम जी बताओ हम तुम्हें पसंद रहेंगे कि ना नहीं काले कलू अपाई बापा लेके चुपचाप से यहाँ जा नहीं तो मार मार के मोह हाँ। हाँ। हाँ।